बंधन के, के मेरी तेरे तेरे तक है। साथ ना ना पीछे मेरे सोने सोने मेरा कितने नहीं हो दिल लगना दिल कर ऊंगा की लूंगाया खुदा से मलाऊंगा तेरे नाल तक तीर लिखवाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा मैं तेरा बन जाऊ भी छोड़ के ना तेरे नाल रहना तू शार मेरा तू है माई जगा गई चाहते अब मेरी छीन तू तुम्हें सारी दुनिया से ही तेरे इश्क रेक हाँ, मेरा ही तो है है ये गहरिया मेरे मेरे रुसेरा सुबह कुछ मेरा